Thought number फर्स्ट अजीब दस्तूर है जमाने का अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें, बुरी यादें दिल में रखते हैं। Thought number सेकेंड जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए नहीं Thought number थर्ड पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं थोट नंबर फोर्थ दोस्तों दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती थोट नंबर फिफ्थ जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे मालिक नहीं थोट नंबर सिक्स छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। होट नंबर सेवन कहते हैं कब्र में कौन की नींद होती है पर अजीब बात यह है कि यह बात भी जिंदा लोगों ने कही है थोट नंबर एट यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं जड़े नहीं थोट नंबर नाइन गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है निराश ना होना कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं छोट नंबर टेन डर डर कहीं और नहीं आपके दिमाग में होता है